जो रामन तो सीता चुराई न होती तो हनुमत ने लंका जराई न होती जो रामन सीता चुराई न होती तो हनुमत ने लंका जराई न होते पंडित ज्ञानी वर्मा का प्यारा वो पंडित ज्ञानी वर्मा का प्यारा सीता जी के खातिर गया वो भी मारा सीता जी की खातिर गया वो भी मारा तो रघुवरण से रघुबरण सती दिखाई न होती तो रामती होती रामन सीता चुराई न होती जो तो रामन न सीता चुराई न होती तो हनुमत ने रा लंका चलाया सीता यह रघुबर की छा लंका चला ये सीता पर इच्छा सीता चली फिर परी परीक्षा सीता चली फिर अग्नि परीक्षा राम लखन संग सीता आई न होती राम लखन सीता आई न होती तो घर घर दीवाली मनाई न होती तो रामन सीता तुराई न होती तो हनुमत लंका जराई न होती धोबी और धोबिन किया फजीता डोबी और धोबिन ने किया भजीता त्यागी है रघुबर ने प्यारी वो सीता त्यागी फिर रघुबर ने प्यारी वो पति की जो बात सीता पति की जो बात सीता निभाई न होती पति की जो बात सीता निभाई न होती तो धरती में सीता समाई न होती जो तो रामन न सीता चुराई न होती तो हनुमत न लंका राई न हो तो रामन सीता चुराई न होती तो हनुमत न लंका जराई महो